शेर में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम आए हैं इंदौर रोड पर जो बाईपास रहा हुआ है पटनगर बाईपास जैसे कहते हैं वहाँ पर एक कॉलोनी स्थित है जिसका नाम है तिरुपति प्लेटिनम यह तिरुपति ड्रीम कॉलोनी के पास वाली कॉलोनी है यहाँ पर आज हम सोलह बत्तीस का एक डुप्लेक्स प्लान देखेंगे जो 2 बी बना हुआ है दोस्तों यह कॉलोनी आखेड़ा से लगभग दो किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और रेलवे स्टेशन यहाँ से आपको चार किलोमीटर का लगभग पड़ेगा आइए सोलह बत्तीस का एक डुप्लेक्स। जो डुप्लेक्स प्लान बना हुआ है इसे देखते हैं कि किस तरह से बनाया गया है और इसमें क्या क्या खूबियाँ आपको दी गई हैं चलिए यह मकान सोलह की साइज में बना हुआ है तिरुपति प्लेटिनम कॉलोनी में स्थित है इसकी दिशा जब देखें तो ये पूर्व फेस का है आगे दो बाइक के हिसाब से पार्किंग दी गई है दो बाइक आपकी आसानी से लग सकती है इसमें इंटर करते ही इसमें हॉल दिया गया है हॉल में जो फ्लोर टाइल्स दी गई है वो दो बाई की साइज में दी गई है इसमें इसमें सभी लेट बातों में जेगुआर की फिटिंग मिलेगी आपको इस तरफ लेटबाथ दिया गया है जो हॉल से लगा हुआ है ऊपर इसमें दो बेडरूम दिए गए हैं जिनमें लेटबाथ अटैच है इस तरफ किचन दिया गया है किचन नीचे से पूरा हॉलो छोड़ा गया है ताकि आप मॉडल ऑफ किचन अपने हिसाब से बनवा सके आइए ऊपर की ओर चलते हैं चढ़ाव इसमें ग्रेनाइट में दिया गया है एस एस रेलिंग लगा कर दी जाएगी इसमें आपको ऊपर एक बेडरूम दिया गया है इसमें फुल पी वी दी गई है इधर लेट बाट अटेज है इसमें गीजर की लाइन भी से अंड। इसमें अंडरग्राउंड फिटिंग है वेस्टर्न सीट लगेगी इसमें अभी इस तरफ बालकनी के लिए गेट दिया गया है इस कॉलोनी में लगभग सभी मकान बुक हो चुके हैं अब सामने की के में देख रहे हैं जो सेकंड बेडरूम की ओर चलते हैं बढ़िया खूबसूरत प्यूटी दी गई है इसके पीछे आप जो तो देख रहे हैं ये गार्डन बना हुआ है जो मकान के जस्ट पीछे ही आएगा इस तो सामने चेंजिंग रूम के सबसे से जगह दी गई है इस तरफ लेटबा दिया गया है इसमें रूम से लगा हुआ पीछे बालकनी एरिया दिया गया है और तो ये पीछे गार्डन है यहाँ पर दोस्तों आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि उज्जैन शहर की प्रॉपर्टी से रिलेटेड वीडियो आप तक पहुँच पाए